एक छात्र ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश नहीं मिलने पर इतना नाराज हो गया कि चार मंजिला इमारत की छत पर चढ़ गया और मुंडेर पर बैठकर नीचे कूदने की धमकी देने लगा पुलिस की टीम समझाकर उतारने की कोशिश कर रही थी कि छात्र ने चौथी मंजिल से छलांग लगा दी और नीचे खड़े एसआई पर जा गिरा जिससे एसआई और छात्र दोनों ही घायल हो गए दोनों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है छात्र और एस का जानने के लिए हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा अस्पताल पहुंचे दसवीं पास करने के बाद भी ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश नहीं दे रहे स्कूल प्रबंधन से नाराज कोलार इलाके का एक छात्र चार मंजिला इमारत की छत पर चढ़ गया और मुंडेर पर बैठ कर नीचे कूदने की धमकी देने लगा सूचना मिलने पर कोलार थाने से पुलिस टीम मौके पर पहुंची और छात्र को समझा बुझा नीचे उतारने की कोशिश करने लगी इस बीच दो आरक्षकों ने छत पर पहुँच छात्र को बचाने का प्रयास भी किया पुलिस वालों को अपने करीब आता देख छात्र ने छत से छलांग लगा दी और नीचे खड़े एसआई जय कुमार सिंह के ऊपर गिर गया जिससे एसआई को कंधे और हाथ में चोट आई छात्र को भी मामूली चोटें आई दोनों को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है कोलार में रोज स्कूल के पास की ये घटना बताई जा रही है वही स्कूल प्रचार्य नेहा अरवर ने बताया की ऋषभ साल भर से स्कूल नहीं आया शाहपुरा थाना परिसर के मंदिर में दान पेटी को चुराने के मामले में उसे गिरफ्तार किया गया था जिसके बाद वो अब बाहर आया है और स्कूल आकर धमकियां और गालियां देता है इस कारण छात्र और शिक्षक उसे प्रवेश देने को लेकर आपत्ति ले रहे थे गुरुवार को भी वो स्कूल आया और धमकियां देकर गाली गलौज करने लगा कुछ देर में वो स्कूल की पड़ोस की बिल्डिंग पर जाकर चढ़ गया आपको बता दे की डी के कुंज कोल्लार रोड निवासी अठारह वर्षीय ऋषभ भट्ट कोलार रोड स्थित रोज स्कूल में पढ़ता है